ठीक है भाई कोई भी दिक्कत है एसी में कोई जाओ गैस लीक हो ये चलता चलता रुक जाए कूलिंग ना कर रहा हो ये मेरा कार्ड है मुझे फोन कर देना मैं तुरंत आ जाऊंगा भैया जा मैं दुकान में पंखे तो चलाता ना तुम मुझसे एसी की बात कर रहा भाई एक काम करो ये कार्ड ना आप मुझे दे दो वो दरअसल मेरा घर नाले के पास है ना तो मेरा ए खराब होता रहता है आए दिन मैं आपको कॉल करूंगा भैया आप एनी टाइम मुझे कॉल कर लेना है ना ये मेरा कार्ड है गोलीबाज नाम है मेरा ठीक है हाजिर हो जाऊंगा ठीक है भैया ठीक है अरे चला अरे नहीं चला किसी एसी वाले को ही बुला लो फोन करके मैं नीना ए एसी के रुक जा कर रहा हूँ लेना चौरानवे आगे के चार ब्लर एसी रिपेयर सी नंबर हेलो हेलो कौन अरे भाई गोलीबाज बोल रहे हो गया वो जो चाय की दुकान पे विजिटिंग कार्ड लिया था आपका हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ लिया भाई यार मेरा ए नहीं चल रहा यार आ जाओ क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत आई है लगा रहा हूँ दस हजार गोलीबाज को भेज दिए दस हजार देखो भाई आगे होंगे दस हजार हाँ भाई आ गए आ गए आगे ठीक है मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ और एक घंटे में ठीक है भाई जल्दी आ जाओ यार जल्दी अरे ये घंटा हो गया पूरा उसे कॉल करो सर एसी वाले को करता हूँ हेलो अरे गोलीबाज <laughs> गोली रह गए भाई बस आया आया भाई पंद्रह मिनट में आया पहुंचो यार जल्दी पहुंचो पहुंच गया पहुँच गया पहुँच गया पैंतीन <laughs> <20 laughs> minutes. minutes later देखियो बीस मिनट हो गए उसे फोन कर लो मैं मरी जा रही हूँ गर्मी में रहा हूँ रुक जा गोलीबाज रुको रुको रुको रुको हेलो अरे भाई गोलीबाज बी मिनट हो गए कहाँ रह गए तुम तो? भाई मैं, दो, मैं, मैं अर्जेंटली दोस्तों के साथ लद्दाख निकल गुफा में भाग में बात करते अरे, अरे, अरे, अरे, इसी वाला गोलीबाज हमारे दस हजार रूपए लेके भग गया अरे मुझे कुछ नहीं पता इसी हूं, से ही कराऊ मैंने सुनिंग गरीबी में कहा गया पैसे लेके आया